कृषि मंत्री कमल पटेल ने जनता को बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बावन जिलों में स्थापना दिवस के कार्यक्रम धूमधाम से मनाए जा रहे हैं ये गौरव की बात है कि हर बार की तरह 2022 में भी मध्य प्रदेश स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले स्थान पर आया है कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा की हमारे प्रदेश के लिए यह गर्व की बात है की स्वच्छता सर्वेक्षण दो में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर आया है इंदौर को लगातार छह वर्षो से देश में सबसे स्वच्छ शहर होने का पुरस्कार मिला है और भोपाल भी स्वच्छता में अव्वल नंबर पर है उन्होंने कहा छिंदवाड़ा जो मेरे प्रभार का जिला है उसे भी स्वच्छता में तीन तीन पुरस्कार प्राप्त हुए हैं प्रदेश की जनता और छिंदवाड़ा के लोगों को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि 2023 में भी हमारा प्रदेश देश में पहले पायदान पर रहेगा मध्य प्रदेश की सड़सठवी स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाए पूरा प्रदेश उत्साह उमंग उल्लास के साथ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में स्थापना दिवस मना रहा है सभी जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम खेलकूद अनेक प्रकार के कार्यक्रम करके हम खुशियां मना रहे हैं और स्थापना दिवस मना रहे हैं हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि स्वच्छ सर्दर्षण 2022 में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है इंदौर लगातार छह वर्षों से देश में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिलता है भोपाल में राजधानी में प्रथम स्थान पर है स्वच्छता और इसी प्रकार मेरे प्रभार जिला छिंदवाड़ा भी तीन पुरस्कार स्वच्छता में प्राप्त करके एक कीर्तिमान बनाया उसके लिए छिंदवाड़ा के सभी नागरिकों का जनप्रतिनिधियों का और नगर निगम और जिला प्रशासन हमारे अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देता हूं अभिनंदन करता हूं हमारे लिए गौरव की बात आप देख रहे हैं दखल न्यूज